स्मार्टफोन इंडस्ट्री you में कॉम्पिटिशन काफी जोरों पर है खास करके 21,000 से 25,000 के बीच में हर ब्रांड आने वाले दिनों में स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है रियल ने रियल 9 नाइन प्रो प्लस को लॉन्च किया तो शाउमी कहाँ पीछे रहने वाला था एनी वेज 9 मी नाइन प्रो प्लस काफी अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन इस फोन की प्राइस ने हमें काफी ज्यादा निराश किया अब हमारी नजर है Redmi Note 11 Pro Plus पर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Redmi India ने लॉन्च का डीजा पे शेयर किया है जो स्क्रीन पर देख सकते हैं नाइन्थ मार्च 2022 ये सीरीज के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे एक तो है Redmi Note 11 Pro और दूसरा फोन है Redmi Note 11 Pro Plus। इन दोनों फोन का कंपटीशन होगा Realme 9 Pro सीरीज के साथ एनीवेज शॉमी को इन दोनों फोन को एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए और अच्छे फीचर्स के साथ अब ये जो 5G वाला वेरिएंट है Redmi Note इलेवन प्रो प्लस इस फोन का कॉम्पिटिशन होगा रियलमी नाइन प्रो प्लस के साथ तो क्यूँ ना इन दोनों फोन को कम्पेयर किया जाए ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल सके कौन सा एक फोन किस यूजर के लिए स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है अगर आपका पुराना स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए अगर आपको वाकई में जरूरत है एक नए स्मार्ट की तभी आप एक नया स्मार्ट फोन शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ दोनों ही फोन में आपको फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड ग्लास के बिल्ड क्वालिटी ऑफर की गई है अब ग्लास का फायदा ये है उस पर जल्दी से स्क्रैच नहीं आते और लुक वाइज फोन काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आता है नुकसान की बात करें तो दिल और शीशा कभी भी टूट सकता है उसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है डिजाइन को लेकर दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है Realme 9 Pro Plus की डिजाइन ऑलरेडी आप देख चुके हो जहां पर आप देख सकते हो रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप और ये फोन का जो बैक पैनल है वो कलर चेंजिंग बैक होगा जैसे अभी आपने वीवो वी सीरीज में देखा रियलमी ने इस डिजाइन का नाम लाइट शिफ्ट डिजाइन रखा है इंस्पायर बाई सनराइज तीन कलर ऑप्शन होंगे ब्लू ग्रीन एंड ब्लैक जबकि दूसरी और Redmi Note 11 Pro Plus में ट्रेंड के अकॉर्डिंग फुल बॉक्स की डिजाइन देखने को मिलती है iPhone 12 और 13 की तरह। डिजाइन एक ऐसी चीज है जिसमें सबकी चॉइस डिफरेंट होती है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको इन दोनों फोन में से किस एक फोन की डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी डिस्प्ले की ओर नजर करें तो रियलमी 9 Pro Plus में 6.43 इंच की सुपर एमोलेट डिस्प्ले ऑफर की गई है 90 हर्ट रिफ्रेश रेट के साथ काफी कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले है नियर बाई वन थाउजेंड की बिग ब्राइटनेस इस फोन में ऑफर की गई है जबकि दूसरी ओर Redmi Note 11 Pro Plus में 6.61 इंच की सुपर एमोलेट डिस्प्ले ऑफर की गई है वन ट्वेंटी हर्ड रेट के साथ 1200 हंड्रेड की पिक ब्राइटनेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर है रेडमी Note 11 Pro Plus। इसके पीछे के दो रीजन हैं। एक तो है 1200 हंड्रेड की पिक ब्राइटनेस और दूसरा है 120 ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट। ऑन पेपर देखा जाए तो आउटडोर कंडीशन में रेडमी Note 11 Pro Plus की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट होगी और इसी के साथ रिफ्रेजरेट के मामले में भी रेडमी नोट इलेवन प्रो प्लस ज्यादा बेटर है एस कम्पेयर टू रियलमी 9 नाइन प्रो प्लस हालांकि दोनों ही फोन की डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छी है और गेमिंग के लिए भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन ऑन पेपर रेडमी नोट 11 प्रो प्लस की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा जबकि रियल मी प्रो प्लस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर किया गया है जिसे सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो इस मामले में रियल मी प्रो प्लस बाजी मार जाता है परफॉर्मेंस की बात करें जो कि किसी भी स्मार्टफोन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है Redmi Note 11 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर ऑफर किया गया है जबकि Realme 9 Pro Plus में MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर ऑफर किया गया है दोनों ही प्रोसेसर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर हैं। सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं, डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही फोन से सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो हाई ग्राफिक वाली तो ऐसे में आपके लिए रियलमी नाइन प्रो प्लस एक बेटर ऑप्शन है कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है Redmi Note 11 Pro Plus में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा 108 जीरो का प्राइमरी कैमरा सेंसर विद इलेक्ट्रॉनिक इमेजेशन एट मेगा मैक्सिमम फोर के थर्टी एफ एस तक आप वीडियो शूट कर सकते हैं इसी के साथ सेल्फी कैमरा सोलह मेगा का जबकि दूसरी ओर रियलमी नाइन प्रो प्लस में आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमराज के देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर सोनी IMX766 सेंसर के साथ इसी के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी चीज है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इसी के साथ फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा सोनी आई एम सेंसर के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज इस फोन के फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा कैमरा सेक्शन में भी रियल 9 नाइन प्रो प्लस काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है क्यूँकी यहाँ आरोप फ्लैगशिप लेवल के कैमराज रियलमी ने ऑफर किए हैं बैटरी कैपेसिटी की और नज़र करें तो यहां पर भी दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंदर है Realme 9 Pro Plus में साढ़े चार हजार एम की बैटरी ऑफर की गई है जबकि Redmi Note 11 Pro Plus में पाँच हजार एम की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है तो यहां पर बैटरी कैपेसिटी के मामले में Redmi Note 11 Pro Plus आगे निकल जाता है चार्जिंग स्पीड की बात करें तो दोनों ही फोन में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है Realme 9 Pro Plus में आपको 60 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी जबकि Redmi Note 11 Pro Plus में 67 सेवन की फास्ट चार्जिंग ऑफर की गई है एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फोन में टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर 3.5 पॉइंट फाइव एम आउट ऑफ द बॉक्स Realme 9 Pro Plus Android 12 पर होगा और इसी के साथ Realme UI 3.0 का यूजर इंटरफेस जबकि दूसरी ओर Plus नोट इलेवन प्रो प्लस Android 11 पर होगा और इसी के साथ MIUI 12.5 का यूजर इंटरफेस हालांकि इस फोन में भी आपको Android 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स लिख्स के अकॉर्डिंग ये फोन Android 11 पर होगा ओवरऑल दोनों ही फोन के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कैमरा सेक्शन को लेकर जहाँ पर रियलमी नाइन प्रो प्लस बाजी मार जाता है फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा बाकी ऑलमोस्ट दोनों ही फोन में सारी चीजें सेम हैं। अगर आपको फ्लेक्शिप लेवल की कैमरा चाहिए तो ऐसे में आप रियलमी 9 Pro Plus को कंसीडर कर सकते हैं लेकिन अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए बड़ी बैटरी चाहिए इसी के साथ आईफोन की तरफ बॉक्स डिजाइन चाहिए तो आप रेडमी नोट इलेवन प्रो प्लस का वेट कर सकते हैं तो ये थे दोस्तों Redmi Note 11 Pro Plus के लीक्स के अकॉर्डिंग जो फीचर्स सामने आए थे उसके बेसिस पर Realme 9 Pro Plus के साथ कंपेरिजन बाकी दोस्तों आप बताइए क्या आप Realme 9 Pro Plus को कंसीडर करोगे या फिर Redmi Note 11 Pro Plus का इंतजार करोगे इसी के साथ इन दोनों फोन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का